कर भी पर भी भी। क्या चुन में पहुँचाओं स्कूल खुल के घर में सो गया हाजरी बनाने आता है इस स्कूल में मुझे नहीं है बच्चे ऐसी पूछा क्यूँ भाई इस स्कूल में पढ़ने आते है आप लोग अब स्कूल में क्यूँ न पढ़ने आते है भाई क्यों नहीं पढ़े पढ़ाते नहीं है मैथिल करने में बहुत तकलीफ होते है और पढ़ने का क्या होता है पौनी बहुत दूर जाने पड़ता है और इधर उधर कैमरा मैन इधर आ रहा हूँ देखिए अभी लेटरिन का व्यवस्था मैं बता तो हूँ कि इस स्कूल में लेटरिन का व्यवस्था नहीं है क्यों नहीं है यह बता रहा हूँ कि इस स्कूल में लेटरिन का व्यवस्था करना चाहिए क्या कर रहे हैं सरकार क्या क्या है लेटरिन में अब देखिये यह है लेटरिन कैसा है स्वच्छ भारत अभी चल रहा अभियान तो कैसा ये स्कूल है बच्चे को बाहर है। भेजते हैं कैसा तो भारत किसा कहते हैं हम लोग और चपाकल चपा भी अभी तक कोई नहीं हुआ है चापाकल में अभी कोई नहीं हुआ है देखे पानी पीने व्यवस्था कहा आता है बच्चे लोग या देखिये जंगल है स्कूल में कैसा है ये सरकार है कैसा ध्यान अब इधर जा रहा है अब बताता जा रहा हूँ <coughs>